Jee jee soala re jee jee soala re ho jee jee soala re jee jee soala re jee jee soala re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 राम करे राम रे जय जय राम रे राम हमारे भाई रो दान तमारे राम रे राम रे बाला रे वाले न्यारे तू हरी श्री रो भाया रे अब सब रवर कर कर रे राम रे सुंदर कल सध रे राम रे श्री नन्द गोपाल प्यारे रागत रागत रागत रागत माता सुन्दर रागत रागत प्यारे तेरे निगम धारा जिनलाने रे राणे भाई राधे अछि नाडा हंसरे वाला से राधे प्यारे kare oh, I am a lover, I am a fighter, <laughs> I am a fighter, I am a fighter. I am a fighter, I am a fighter, I am a fighter.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 he raharo re nare nare ra saare sabin tala kare re nare re mere bhikano haare he raharo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 साहस हरम नारायण गोविंद a ver va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 are re re so bani re re so sae kaam gai yaaran me re sun le laal re na re re so bani re re so sae kaam gai yaaran me re sun le laal re na re